भाइयो आज से हम रामायण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम श्री बाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय पढ़ेंगे इसमें क्या है देखिए। कलियुग की स्थिति कल काल के मनुष्यों के उदार का उपाय रामायण पाठ उसकी महिमा और उसके श्रवण के लिए उत्तम काल का आदि का वर्णन किया है। तो देखिये क्या करेंगे हम हम और स्टार्ट करने जा रहे हैं श्री राम श्री श्री राम समस्त संसार को देने वाले हैं राम के बिना दूसरी कौन सी गति है श्री राम कलयुग के समस्त दोषो को नष्ट कर देते हैं अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए राम से कल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है यानी श्री राम से कलयुग रूपी भयंकर सर्प भी डरता है जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे राम आप ही मेरे आधार है चित्रकूट में विनाश करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद केतन और भक्तों को देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री राम चंद्र जी को मैं करता हूँ नमस्कार संपूर्ण जगत के अविष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं सं के द्वारा जगत की सीता को सिद्ध करने वाले विष्णु और महेश आदि देवता जिनके हैं, उन परम विशुद्ध परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उनकी भजन चिंतन में लगाता हूँ मन लगाता हूँ ने कहा भगवान आप विद्वान हैं आप ज्ञानी हैं हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे यानी कि अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। है। घोर कलयुग आने पर जो मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय फिर फैल जाएगा यह बात प्रसिद्ध प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है कलयुग के सभी लोगों का वेदना से पीड़ित नाट्य शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे उस युग की स्त्री अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्यो के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी उत्तम कुल की स्त्रियां भी पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी और, और बोलेंगी, कलियुग में अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी विच्चा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्ने संबंधो में बने रहने वाले होंगे वे भोजन के लिए होने के कारण लोग बस शिष्यों का संग्रह करेंगे स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई की जानबूझकर करेंगी। जब ब्राह्मण के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पापरायण रहने के कारण जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों में मुनिश्रेष्ठ सूत जी, देव, जी प्रकाश संतुष्ट वह उपाय में बताइए। मुनि इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए आपके वचनामृत का आप पान करने से किसको संतोष नहीं होता सूत जी ने कहा मुनिवर आप सब लोग सुनिए आपको जो सुनना अविष्ट है वह मैं बताता हूँ महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाध का निवारण करने वाला है वह संपूर्ण वेदों की संपत्ति के अनुकूल है उससे संपूर्ण दुशनों का नाश हो जाता है वह धन्यवाद की योग्यता भोग और मूछ रूप फल प्रदान करने वाला है उसमें भगवान श्री रामचंद्र की लीला कथा का वर्णन है वह काव्य अपने पाठक और श्रोता के लिए समस्त कल्याणमय और इन अपूर्व काव्य पूर्णमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है आप लोग एकाचित्र होकर इसे स्रवण करें आज के लिए इतना ही फिर हम नेक्स्ट दिन कहेंगे इस वीडियो में इतना ही है अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने का प्रयास कीजिए